छोड़ दिया वो जिस रास्त से तुम थे कुछ से ना, बड़े काम की चीज़ है मतलब सो तो, से, तो, से, तो, तो जिसकी रिलेशनशिप नहीं ना उस लाइफ जी नहीं पाई मानी मैं समझा कि तेरे बिना जी मैं तेनों समझा कि न तेरे बिना ते लग रेदा जी दूखी जाने If you love someone, you're going to lose them. Sometime, somehow, yes, quite possibly. But we love anyway.